मध्य प्रदेश में पहली बार होने जा रहे जोखिम भरे और रोमांच भरे खेल स्काई ड्राइविंग लोगों के लिए कितना सुरक्षित है ये जानने के लिए पर्यटन विभाग के प्रमुख सचिव शिव शेख शेखर शुक्ला ने अनूठी मिसाल पेश की उन्होंने खुद दस हजार फीट की ऊंचाई से हवाई जहाज से छलांग लगाकर खेल का परीक्षण किया मध्य प्रदेश में पहली बार स्काई ड्राइविंग शुरू हो रही है जिसको लेकर लोगों में भय और भ्रम की स्थिति है इसी का जायजा लेने के लिए पर्यटन विभाग के प्रमुख सचिव शिव शंकर शुक्ला ने खुद ये जोखिम उठाने का फैसला किया और दस हजार फीट की ऊंचाई से हवाई जहाज से छलांग लगाई इस दौरान उन्होंने बताया कि इस खेल को उन्होंने काफी एंजॉय किया है आपको बता दें कि स्काई डाइविंग के पहले चरण का खेल भोपाल और उज्जैन में शुरू किया जाएगा so tell me how was that? अरे यार एक्सपीरियंस। And it was all because of you. Made Thank it you. so comfortable. Thank you. Thank you. And you, uh, you really? want to say something about the Sky High family, about your experience? Yeah, uh, you people are doing a great job. Uh huh. And I think we need more and more people like you in in in our country. Thank you. Just Thank you. Take us forward. Tungi tiswar leheriyon se. Sanskrit ek taane baane ta. Chambal ke piyon se. Naksalvadiyon ke gar ta. Johori se mehlon ta. Thelo se mehlon ta. Pagdandiyon se sarko ta. गाँव से शहरों तक व्यापार से उद्योगों तक राजनीति से कूटनीति तक दखन न्यूज आपके हक आप आ, देख रहे हैं कल न्यूज